नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल तबख का एक जहर है जो सारे आम बाज़ारों की रेहड़ियों में बिक रहा है सरकार केवल इनकी पन्नियों पर चेतावनी लिखकर छोड़ देती है उनका मानना है कि यह एक जहर है और इससे कैंसर होता है और उसके बाद क्या होता है अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है परंतु आज इसकी चपेट में युवा मजदूर और गरीब तक सबसे ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से लोगों में कैंसर होना आम बात है हालांकि सरकार ने प्लास्टिक पन्नी को बैन किया है कि प्लास्टिक में कोई भी सामान नहीं ले जाया जाएगा परंतु आपको बता दें कि सामान लाने वाला लिफाफा ज़रूर बंद हो गया है लेकिन तंबाकू गुटखा से लेकर के और दूसरी चीज़ें हैं जैसे कुरकरे हैं और बच्चों को खिलाने वाले सामान जो स्कूलों के आगे दुकानें लगी रहती हैं वो प्लास्टिक की थैलियों और पनियों में आराम से बिक रहा है ना कुछ उसे कोई रोकने वाला है और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया जाता है खैर हम बात कर रहे हैं गुटका की यानी जर्दे की इसको लेकर के हमने शहर में कुछ लोगों से बातचीत की और सभी का कहना है कि गुट का एक गंद की फैलाने वाला जहर है इससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और इसी की वजह से लोग खाना खाना छोड़ रहे हैं लोग भरपूर पोषण लेने की बजाय इसकी चपेट में आते जा रहे हैं यह आसानी से हर जगह पर उपलब्ध हो जाता है इसकी कीमत भी बहुत कम होती है इसलिए गरीब तकबा और मजदूर वर्ग इसको आसानी से खरीद सकता है लोग गुटखे को पान में मिलाकर के भी खाते हैं ताकि इसका स्वाद अलग हो सके सरकार ने यह सब बंद किया हुआ है लेकिन धड़ल से बिक भी रहा है अगर इसे तुरंत बंद नहीं किया गया तो आने वाला समय बड़ी गंभीर व्यवस्था और परिस्थितियों को पैदा कर सकता है यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि लोगों को खरीदने के लिए जरूर बैन कर लिया जाता है लेकिन उत्पादन इसका बंद नहीं हो पाता हालाँकि इसक इसको बंद होना चाहिए क्योंकि गुटके से किसी को फायदा नहीं होता बल्कि बीमारियों का घर है और बीमारियों की जड़ है जो पूरे देश में फैलती जा रही है इसके बारे में जब हमने कैथल के डॉक्टर आरपी मान से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक धीमा जहर है पहले तो यह भूख लगाना बंद कर देता है फिर ये एसिडिटी पैदा करता है और फिर गले की नसों पर अपना प्रभाव डालता है इसे मुंह का कैंसर ब्लड कैंसर जैसी अनेक कई घातक बीमारियां हो सकती है। सरकार को चाहिए कि इसे तुरंत बंद किया जाए जो लोग इसकी चपेट में आते हैं और इसके आदि हो चुके हैं वह नशा मुक्ति केंद्र का सहारा ले सकते हैं इसके अलावा वे डॉक्टरों से भी राय ले सकते हैं और घर वाले भी उन्हें करें ताकि उन्हें गंदे नशे से निजात पा सकें आइए देखते हैं शहर में लोगों की क्या राय है क्या कहना चाहते हैं लोग पलपल कैथल से नवीन बल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट के साथ धर्मवीर भोला एडवोकेट एडवोकेटता है नुकसान है इसको देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर गुटखा खैनी खाने की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है और सरकार भी उस पे प्रयास रत रहती है कि भी गुटखा बंद हो और जो गुटखा का, का निर्माण होता है जब बनाया जाता है तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है और जानलेवा है लेकिन लिखने मात्र से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये गुटखा छुट रहा है तो सरकार को चाहिए कि गुटखा को बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल इस पर प्रतिबंध लगा दें जब तक प्रतिबंध इन न लगाएंगे तो गुटखे को बंद करना पड़ेगा हजारों लोगों को कैंसर की वजह से गुटके की वजह से कैंसर होता है मुँह का गले का और लाखों लोगों की इस बिनाई मौत के अंदर जान देनी पड़ती है मैं चाहता हूँ कि सारा जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी चाहते हैं कि गुटखा पर प्रतिबंध होना चाहिए और सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए मेरा नाम विक्की है पूरे शहर में जगह जगह लोग ये पूरे शहर में जो तम्बाकू खाने का का गुटखे खाने का काम करते हैं जो जगह जगह थूकते हैं सरकारी दफ्तरों में देखा पाया होगा आपने सड़क पे देखा है, ये बड़ा गंदगी का माहौल पैदा कर देते हैं इससे हमें नहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है मैं सभी से आम नागरिक से और जो खाते हैं उन्हीं सब से अपील करता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है इसको नहीं खाना चाहिए इससे ब्लड कैंसर भी होता है कैंसर भी हो है और सभी प्रकार की धीरे धीरे बीमारियाँ उसको डकट देती है बिल्कुल सर इसको ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं बड़े बड़े जो कारखाने चलाए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए गंदी चीज़ों को बनाने के लिए गुटखे बनाने के लिए इन सभी के ऊपर बैन लगाना चाहिए और अगर नहीं बंद करते तो एक ऐसा कानून प्रावधान बना के इन सभी को बंद करके इनके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए जिस तरीके से सर मैं नवीन मल्होत्रा हूँ बाजार में हम देख रहे हैं कि सर आम दिख रहा है युवा खा रहे हैं मजदूर खा रहे हैं क्या साल है क्या इसको बैन नहीं कर देना चाहिए गुटका एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की जो है पैदा करता है सरकार ने इस पर बैन भी लगाया कुछ दिनों तक जो है वो छापेमारी भी की गई लेकिन उसके बावजूद फिर वही डाक के तीन पात वही हर दुकान पे हर धोखे पे हर गली कूंच में जो है ये गुटका है ये तम्बाकू है ये बिक रहा है और ये इतने इसके घातक परिणाम हैं इसके पहुँच पे भी लिखा होता है कि इसके खाने से कैंसर होता है लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग इसको नशा करने के लिए इसको खाते हैं इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक ये बीमारी है ये सरकार को इसके ऊपर अधिक अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए और जो लोग इसको बेच रहे हैं और जो इसको बनाने वाले हैं उन पर ही सरकार जो है एक कड़ा जो है वो रुख अपनाए ताकि आम आदमी को इस खतरनाक बीमारी कैंसर जैसी बीमारी इससे मुंह का कैंसर हो जाता है लंग्स का कैंसर हो जाता है तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमारे देश को होंगी हमारे युवा पीढ़ी जो है ऐसे बर्बाद हो जाएगी तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसको सख्ती से रुख अपनाते हुए इस पर पूरी तरह से बैन करें और जहाँ भी यदि ये बिकता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करे तो तो भूख लगनी बंद जाती है पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाती है तेजाब बनना शुरू हो जाता है उसकी स्लीपती है जिसके कारण उसका गले गले में खराब भी आनी शुरू हो जाती है जिससे गले का कैंसर भी हो सकता है। तो क्या वर्क करना होगा क्योंकि हम देखते हैं जैसे मजदूर है वो ब्रेक लेने के लिए गुटके का इस्तेमाल करते हैं उनको भूख लगती है, करते है तो उनको चीज को समझना होगा कि इससे जब आपको भूख लगती है आपको खाना खाना चाहिए मतलब बजाय गुटका लेने के तो उसको दीरे -दीरे अपने पर वर्क करना पड़ेगा का। काउंसिलिंग सेशन होते हैं मिले नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें करें और परिवार के सहयोग से उनको छोड़ सकते है। आगे। आगे। आग रागर मेरे चार सौ मैं तोड़ा नहीं